भगवान का पूजन करते समय उनके प्रसन्नार्थ हम गंध पुष्प इत्यादि से भगवान को सुशोभित करते हैं और भांति भांति के पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं भगवान को निवेदित करते हैं लेकिन पुष्प इत्यादि चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए किसी भी कार्य को करने में यदि कोई नियम ऐड कर दिया जाए तो वह कार्य बड़ी ही सुगमता पूर्वक होता चला जाता है और उसका संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है। तो आज हम किस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित करना चाहिए इस विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे अतः आप सभी इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक शास्त्र सम्मत जानकारियों को जानने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने विषय की ओर सर्वप्रथम हम समझते हैं कि हमें भगवान के लिए पुष्प किस प्रकार से तोड़ करके लाना चाहिए कुछ लोग बिना नहाए ही भगवान के लिए पुष्प तोड़ करके लाते हैं जो कि सरासर गलत है क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर एक प्रमाण प्राप्त होता है वह प्रमाण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है देखिए अस्नावा पुष्पम छित्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्व निष्फल याति पंचगव्यन शुद्यति अर्थात देव कार्यों के लिए अथवा पितृकार्यों के लिए जो भी बिना स्नान किए तुलसी पुष्प इत्यादि तोड़ करके लाते हैं उन्हें पाप लगता है और उस पाप का प्रायश्चित पंचगव्य का पान करने से होता है तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी भगवान के लिए अथवा पितरों के लिए पुष्प इत्यादि तोड़ने जाए तो स्नान करने के बाद ही पुष्प इत्यादि तोड़ें कुछ लोग तो बिना स्नान किए ही पुष्प इत्यादि तोड़ते हैं जो कि सरासर गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए पुष्प तोड़ करके रखने के लिए अपने पास एक डलिया रखें डलिए का उपयोग करें पुष्पों को कभी भी हाथों में ना ले क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है आप सभी देखिए हस्ते पुष्पाणि ताम्रपात्रे च गंधोदकम् चर्मपात्रे घृतानी पुष्पाणी पुष्पों को हाथ में कदापि नहीं रखना चाहिए और ताम्रपात्र में चंदन इत्यादि नहीं रखने चाहिए चर्म पात्र में गंगा जल इत्यादि नहीं रखना चाहिए इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कहा गया है जब आप भगवान के लिए पुष्प तोड़ना प्रारंभ करें उस समय आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है आप सभी ध्यान पूर्वक देखिए मानुषोकम कुरुस्वत्व स्थान त्यागम चमा करू देवता पूजना प्रार्थयामी वनस्पते इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप वनस्पति से प्रार्थना करें कि हे वनस्पते मैं भगवान के पूजनार्थ कुछ पुष्प चुनने आया हूँ कुछ पुष्प तोड़ने आया हूँ आप मुझे अपनी आज्ञा प्रदान करें और वनस्पति की आज्ञा लेकर के पुष्प चुनना प्रारंभ करें जब प्रथम पुष्प आप तोड़ें तो उस समय आप बोले ओम वरुणाय नमः। जब द्वितीय पुष्प आप तोड़ें तो बोले ओम व्योमाय नमः। और जब तृतीय पुष्प तोड़ें तो बोले ओम पृथ्वीय नमः। इस प्रकार से इन तीनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप पुष्प तोड़ना प्रारंभ करें अब आपने जो भगवान के निमित्त पुष्प तोड़ करके लाया है उसे भगवान को निवेदित कैसे करना है अर्पित कैसे करना है इस विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे फल वृक्ष पर लगते हैं और जिस प्रकार से पुष्प खिलते हैं वैसे ही ला करके भगवान को अर्पित करने चाहिए मतलब फल सीधा होकर के डगालों पर लटकता है तो उस फल को उसी प्रकार से भगवान को चढ़ाने चाहिए और पुष्प भी जिस प्रकार से खिलता है पौधे पर उसी प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित करना चाहिए लेकिन जब आप भगवान को पुष्प अर्पित करें उस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है प्रयोग पारिजात में यह वाक्य हमें प्राप्त होता है आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए मध्यमानिका मध्ये पुष्प संग्रह्य पूजिएत अंगुष्ठ तर्जन्यभ्याम निर्माल्य मप नोद अर्थात भगवान को पुष्प चढ़ाते समय दाहिने हाथ के करतल को उत्तान करके उठा करके और ये उंगलियों को नीचे करके मध्यमा और अनामिका इन दोनों अंगुलियों से पुष्प उठा करके भगवान पर चढ़ाने चाहिए भगवान को अर्पित करने चाहिए ऐसा नहीं कि सभी पंजों की सहायता से पुष्प उठाए और भगवान को अर्पित कर दिए बड़े ही गुस्से से नहीं आप देखिए यदि आपका भाव है तो भाव के साथ कुछ नियमों का होना भी परम आवश्यक है जब तक तक हमारे क्रिया कलापों में कोई नियम नहीं नहीं होंगे, तब तक हमें उस कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको पुष्प चढ़ाना है करतल को उत्तान करके दोनों अनामिका और मध्यमा को मिला करके ऐसे पुष्पों को उठा करके और भगवान को निवेदित करना है अब जब आप भगवान का निर्माल्य उतारे उन चढ़े हुए पुष्पों को जब उतारें तो उस समय भी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उन पुष्पों को इकट्ठा करके समेटना नहीं है धीरे धीरे तर्जनी और अंगुष्ठ के माध्यम से एक एक पुष्प उतार करके किनारे रखने हैं किसी पात्र में आप रख लीजिए और उनको कहीं पर जा करके ले जा करके विसर्जित कर दीजिए अथवा जमीन में गड्ढा करके वहीं पर उन पुष्पों को दबा दीजिए इस प्रकार से हमें पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए और भगवान के पुष्प निकालने चाहिए उतारने चाहिए आज का यह विषय यहीं पर विराम करते हैं आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले प्राप्त तो हो सके अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय शराम